सिंह राशि के जातकों मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अप्रैल माह के मासिक राशिफल के इस कार्यक्रम में अप्रैल का यह माह सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन खुशियां ले करके आया है सिंह राशि के जो जातक अपने गोल को सेट किए हैं कि अप्रैल माह में हमें ये चीज़ अचीव करना है तो क्या आप उनको अचीव कर पाएंगे क्या आप उनको प्राप्त कर पाएंगे यदि हाँ तो उनको और सहजता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं यदि नहीं तो फिर आप उनको जरूर प्राप्त करिएगा जो हम उपाय बताएंगे उनको आप लोग जरूर कर लीजिएगा दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारा प्रस्तुत राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है देखिए शास्त्रों में भी लिखा है कि देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना चिंतयित शास्त्र कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखिए मांगलिक कार्य करिए मांगलिक उत्सव करिए विवाह इत्यादि करिए तो जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए नाम राशि न ना चिंतित नाम राशि की चिंता मात्र भी मत करिए तो इसी आधार पर दर्शकों आपकी चंद्र राशि पर ये राशिफल तैयार है यदि आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बर्थ का समय और बर्थ का स्थान ये ड्रॉप कर दीजिए हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि हम आपको वास्तविक राशि से आपको अवगत कराएं एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों तमाम दर्शकों के क्वेरी है क्वेश्चंस हैं पंडित जी ये राशिफल हमारे ऊपर बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठ रहा है तो इसमें ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है ना राशिफल की गलती है देखिए हो सकता है आपको पहली बात तो आपको आपकी वास्तविक राशि ना पता हो दूसरा ये भी हो सकता है देखिए जब आप सिंह राशि जो है ना ये करोड़ों लोगों की है संसार में तो जब आप जिस समय पैदा हुए होंगे जिस जगह पर पैदा हुए होंगे जिस स्थान पर पैदा हुए होंगे उस जगह की ग्रह स्थितियाँ भिन्न भिन्न रहती है एक कुंडली बनती है बस चार्ज बनता है उसके आधार पर जो आपके जब आपका जन्म हुआ था जन्मकालीन जो ग्रह नक्षत्र सितारे थे ये किस अवस्था में तब थे वर्तमान में उनका गोचर क्या चल रहा है वर्तमान में आपकी किस चीज़ की दशा अंतरदशा महादशा चल रही है योगनी दशा चल रही है आपको यदि आपके करियर में रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सब डिविजनल चार्टज क्या कह रहे हैं आपकी लग्न कुंडली के साथ साथ आपकी भावचलित कुंडली तो काफी कुछ देखिए दर्शकों को देखना पड़ता है ज्योतिष कोई एक चीज ये राशिफल पर ही मतलब राशिफल ही देख करके ये सब यदि होने लगे करोड़ों लोगों को तो फिर जो है किसी को कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो यदि दर्शकों आपके जीवन में वास्तविक चीजें क्या चल रही हैं आप लोग अपनी कुंडली का देखिए विश्लेषण करवा लीजिए बेहतर रहेगा आपके लिए वहां पर चीजें पता लग जाएंगी पकड़ में आ जाएंगी क्योंकि जब आप पैदा हुए होंगे उसके आधार पर अलग बर्थ चार्ट बनता है तो यदि विश्लेषण करवाना है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं शुल्क के साथ ये सुविधा है यदि फोन कॉल उठता है तो आप पूछ लीजिएगा प्रोसेस नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज भेज सकते हैं आगे बढ़ते हैं दर्शकों देखिए अप्रैल महीने में ओवरऑल स्थिति क्या रहेगी पहले हम इस पर बताएंगे और अंत में हम आपको हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालते हुए लास्ट में जो दिव्य उपाय होंगे ये हम आपको बताएंगे तो देखिए सिंह राशि के जातकों अप्रैल का ये महीना कैसा रहेगा तो कार्यक्षेत्र में यदि हम जो है कार्यक्षेत्र में सिंह राशि के जात ये माह आप के लिए काफी अच्छा रहेगा में आपका बहुत अच्छे से मन लगेगा और आप जी जान से अपना काम करेंगे और अपने काम के बल पर आप लोग अपने उच्च अधिकारियों के चहेते बने रहेंगे सिंह राशि के विद्यार्थियों को इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने की उम्मीद है यदि पारिवारिक जीवन पर नज़र डाली जाए तो ये महीने ये या जो माह रहेगा अप्रैल का पिछले काफी समय से चले आ रहे पारिवारिक तनाव को दूर करने वाला साबित हो सकता है आपके प्रेम जीवन में जो अनचाही स्थितियाँ रहेंगी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे अप्रैल महीने में दांपत्य जीवन की यदि बात की जाए तो आपका दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा अच्छा चलेगा और जीवन साथी के साथ नज़दीकी भी बढ़ेगी आपके जीवन साथी को कोई क्रेडिट मिल सकता है आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिल सकता है आपके पैसे वगैरह जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किए हो सकता है कि कुछ वो डूब जाए साथ ही साथ इस महीने आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा लेकिन महीने का जो पूर्वार्ध रहेगा ये स्वास्थ्य के पाए के लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है अब बढ़ते हैं सिंह राशि के जात आपके करियर एवं व्यवसाय पर जी हाँ आपका करियर और व्यवसाय कैसा रहेगा तो अप्रैल माह के पहले सप्ताह में सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं और जातिकाएँ हैं इनको करियर के क्षेत्र में गति बनाने के लिए तमाम कई अच्छे सु प्राप्त होंगे आपने कहीं यदि जुगाड़ लगाया होगा तो आपका जुगाड़ लग जाएगा आपको नौकरी मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में आप किसी ने यदि आपके लिए जो है रिक्वेस्ट की होगी जॉब के लिए तो आपको जो है जॉब मिल सकती है साथ ही साथ मजे की बात तो ये रहेगी कि आपके ये जो प्रयास रहेंगे इसके दौरान आप जो भी प्रयास करेंगे वो सफलता में तब्दील हो जाएंगे आपको खुद लगेगा यार इतने मेहनत से हमने प्रयास नहीं किया फिर भी हमारे सिलेक्शन हो गया माह के दूसरे सप्ताह में यद्यपि आपको कुछ कामों को पूरा करने की चुनौतियां रहेंगी हालांकि इस माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह में सकारात्मक ग्रही गोचर आपके कामों को सुधारने में सहायक रहेंगे इस माह कोई प्रमोशन मिल सकता है इस माह कहीं आपका आपके मनपसंद जगह तबादला हो सकता है यदि प्रयासों को जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा साथ ही साथ जो लोग सरकारी क्षेत्र में है और कोर्ट में जो है इन्होंने कोर्ट की शरण ली है अदालत की शरण ली है न्यायालय की शरण ली है अपने नौकरी के लिए तो आपके पक्ष में कोई फैसला आ सकता ये बहुत बड़ी बात रहेगी सिंहराज के जात को हमारा जो अगला टॉपिक आता है ये आता है आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा तो देखिए माँ के पहले सप्ताह में सिंह राशि के जातक एवं जातिकाओं के प्रेम संबंधों में साथी की कुछ बातों से आपको आघात हो सकता है आपके दिल पर कुछ बातें चुभ सकती हैं जिससे आप अपने निजी सम्मान से जोड़ करके देखते हुए दिखाई पड़ेंगे आपकी दोस्ती में कुछ तनाव आ सकता है आप एक दूसरे को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों लोगों के बीच हालांकि जो माह के दूसरे सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा और तीसरे सप्ताह रहेगा पुनः ग्रही चाल आपको शुभ ऊर्जा देती हुई दिखाई पड़ रही है पुनः संबंधों में चाहत की स्थिति दिखेगी आप दोनों के बीच की जो गलतफहमी आ रही है ये दूर होते हुए दिखाई पड़ रही है अंतिम सप्ताह आपके जो है जीवन में फिर कुछ नकारात्मक स्थिति हो सकती है आप लोग कान के बड़े कच्चे इस माह रहेंगे तो कान के कच्चे मत रहिएगा जो चीजें अपने आँखों से कानों से सुनिएगा उसी को मानिएगा कुछ कुछ यदि कोई कह देता है तो उसमें मत साथ साथ सिंह राशि आपकी वित्तीय स्थिति क्या रहेगी वित्तीय स्थिति की बात करें तो सप्ताह के पूर्वार्थ में यानी कि पहले सप्ताह में सिंह राशि के जातक एवं जातिकाओं को अपने अर्थ लाभ को उच्च करने तथा संबंधित व्यवसाय जो व्यवसाय हैं बिजनेस हैं इनमें अधिक से अधिक धन अर्जित करने की मंशा रहेगी आप देखेंगे कि आपके कुछ प्रयासों के बाद भी संतोषजनक कामयाबी नहीं मिल पा रही है किंतु माह के दूसरे एवं तीसरे भाग में सकारात्मक गृह गोचर कई वांछित सफलताओं को देने वाला जो है रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे आप लोग यदि ट्रेवल एजेंसी से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं आप लोग चिकित्सीय पेशे से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं आप लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी यहां पर आप लोग रखिएगा शेयर मार्केट में यदि आपने कुछ धन लगाया है तो वो धन आपका फंस सकता है आपके पैसे फंस सकते हैं अप्रैल माह में सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा जो लोग इसी प्रशासनिक पद में हैं इनको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है इनका प्रमोशन इत्यादि भी देखिए हो सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट के कारण आपको अच्छा धन लाभ होगा देखिए करियर की बात उधर गई लेकिन यहाँ पर सैलरी की बात आ गई अर्थ की बात चल रही है तो सैलरी में आपको अच्छे इंक्रीमेंट मिलेंगे और आपका यदि पैसा गवर्नमेंट में कहीं फंसा हुआ जी पी इत्यादि वो आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है यदि आप रिटायरमेंट होने जा रहे हैं तो भी आपको बहुत बड़ा मोटा अमाउंट आपको प्राप्त होगा बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की ओर सिंह राशि के जातकों इस माह एजुकेशन आपका कैसा रहेगा शिक्षा कैसी रहेगी तो यदि हम शिक्षा की बात करें तो माह के पहले सप्ताह में सिंह राशि के जातक एवं जातिकाओं को जो कि शिक्षा के कामों से जुड़े हैं उन्हें कुछ और अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता रहेगी ज़रूरत रहेगी क्योंकि तो गृह गोचर नकारात्मक स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं हालांकि माह के दूसरे व तीसरे सप्ताह में यह गोचरीय स्थिति जो रहेगी इसकी जो तस्वीर रहेगी ये सकारात्मक रहेगी आपके शैक्षिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता की स्थिति आपको रहेगी माह के अंतिम सप्ताह में इसमें गौर करने लायक जो है चीज़ें ये है कि आप लोग यदि कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं बस ध्यान इतना रखना है कि थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा नकल इत्यादि मत करिएगा अन्यथा किसी मुश्किल में आप लोग फंस सकते हैं बढ़ते हम अपने अगले जो है पाए की ओर स्वास्थ्य का पाया कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह में तो देखिए अप्रैल माह के पहले एवं दूसरे सप्ताह में सिंह राशि के जातक एवं जातिका जो अपने सेहत को सबल रखने तथा बढ़ती हुई उम्र के दुष्प्रभाव प्रभाव को कम करने के पूरे प्रयास में आप लोग रहेंगे आपके इन प्रयासों को अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि किसी लड़ाई झगड़े को लेकर के कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के आपके मन में कुछ चिंता रहेगी इन चिंताओं का निदान सप्ताह जो है माह के अंतिम सप्ताह में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एक बात और बताना चाहेंगे माह के तीसरे सप्ताह में शरीर में कुछ शिथिलता की स्थिति आ सकती है जिससे इस माह के अंतिम सप्ताह में आप सुधार कर पाएंगे इस माह एक बात और बता दें जो हमारे सिंगराज के जातक हैं कि आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें लापरवाही मत करिएगा यात्राओं पर जाइएगा तो लापरवाही मत करिएगा बाहर के खाने को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करिए अन्यथा आप लोगों को फूड प्वाइजनिंग वगैरह हो सकती है तो दर्शकों अंतिम पड़ाव पर अब चलते हैं उपाय उपयोगी उपाय क्या है तो सिंह राशि के जातकों को हम बताना चाहते हैं कि जो उपाय हम बताने जा रहे हैं यदि आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों की सफलता की गारंटी हमारी रहेगी करना क्या रहेगा देखिए सिंह राशि के जातकों जुपीटर चूँकि यहाँ पर नीच के चल रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक बार आप लोग जो है जाप करिए साथ ही साथ हर संडे के दिन भगवान भास्कर के सम्मुख आपको बैठ करके तीन बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ मंगलवार और रविवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ आप लोग जरूर खिलाइए अमावस्या तिथि जब भी आए तो उस दिन अपने श्रद्धा अनुसार आपको दान करना रहेगा शनिवार के दिन हर शनिवार को उड़द की दाल के बड़े बना करके आपको गरीबों में बांटने रहेंगे साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन भगवान भोलेनाथ पर भगवान शिव पर आपको दही में थोड़ा सा काला तिल मिला करके अभिषेक करना रहेगा उसके बाद शुद्ध जल से आप लोग अभिषेक करिएगा प्रातःकाल जब भी उठिए दोनों हथेलियों के दर्शन करिए क्राग्रे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम देखिए कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है कर के मध्य भाग में सरस्वती माँ का वास होता है और जो मूल होता है कर मूले तो गोविंदा गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का वास होता है अब आप खुद सोचिए आपने प्रातःकाल उठकर के लक्ष्मी के दर्शन माँ लक्ष्मी के दर्शन कर लिए माँ सरस्वती के दर्शन कर लिए भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए धन आएगा धन आएगा कैसे आएगा आपकी बुद्धि से आएगा बुद्धि कौन माँ सरस्वती तीसरा पालनहार भगवान विष्णु पालनहार ही तो है तो आप भी अपने परिवार के पालनहार बनेंगे फिर चाहे वो मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो ये दोनों के लिए है आप लोग डेली दर्शन करिए देखिए कितना अच्छा आप लोगों को धन लाभ होता है तो सिंह राशि के जातकों को इन उपायों को आप कर लीजिएगा कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराए नए हैं है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए हर रविवार रात्रि 10 से 11 बजे के मध्य हम लाइव होते हैं वहाँ पर आकर के आप लोग अपनी कुंडली से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछ सकते हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई यदि आपको जानकारी चाहिए आप लोग पूछ सकते हैं आप लोग हमें ट्विटर पर फॉलो करिए फेसबुक पर फॉलो करिए और प्रयास करेंगे कि ट्विटर पर जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं यदि आप लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो सप्ताह में एक दिन जो है पंद्रह मिनट का सेसन करेंगे और वहाँ पर आपके जो उन समस्याओं का है वो हम आपको निवारण देंगे आपको उपाय बताएंगे ज्योतिष संबंधी जो जिज्ञासु हैं तो दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो